हैं। करते हैं ड्राइवरी कर करते हैं कचरे का ट्रक चलाते हैं में मजदूरी करते हैं, ये लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, <laughs> हमारी राम बड़ा-बड़ा है, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है हमको सवा छाती है जब समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलाक हम ही